खेत खेत खेत खेत में, ने? ने? में, दो दो दो दो दो दो। में में, में देखने आई हो? बाबू सर, तो देखो। तू। आ जाएगा घोड़ पर देखो ना कुछ नहीं करता है नहीं करता है बेटा नहीं काटता है नहीं है खाई तो दौड़ता है, है।, दोड़ता है।, दोड़ता है कहा है वो दिखाओ तो दिखा देखो देखो माँ भाई देखो ना रहमत तो तोड़ो किसी का तो, तो है। क्या है वो बेटा क्या है वो सरसो है गेहूँ कौन सा है गेहूँ है के बैठ दिखाओ है है बोलो बोलो इधर इधर देखो क्या तो तो आओ जा रही हो दादाजी के रुको तो रुको देखो बोलते हैं तो क्या कर रहा है इधर इधर देखो कहा जा कहा जा रहा है अयान क्या है बाबू हाँ? सरसोन सरसो है नहीं हाँ। है, हाँ? हाँ? है।, है।, है। हाँ? चलो, चलो? न नहीं है। है? बड़ी बड़ी लगे। कौन हम्म ना, ना।, ना, दो। ना, ना दो चलो चलो चलो ना नहीं है पहले देख लो दूध कैसे वहाँ है, है वहाँ वहाँ गोरपलास है पापा पापा हां हां देखो रे कब पूछे ना हां देखो कि यार चल चल तो दादाजी यहां नहीं है कहां है बड़ी दूर है उड़ रे मनी चलाई हां वो रास्ता का चलो अब चलो चलो ऐ तो हाय हाय करो हाई करो हेलो hey. दोस्तों हम लोग लो खेत घूमने आए हैं खेत। हो दिया, हो दिया। चलो चलो, चलो। बाबू चल मारो सांप होता है चलो चलो नहीं। चलो नहीं ना तो सांप सांप है है है है नहीं उसमें थीव होता है। का होता है? का होता हम चलो ना तुम गाड़ी प्राजाए? आ जाए जाए वहा गाड़ी के पास चलो उधर कहाँ इधर चलो जल्दी जल्दी चलो, दरी चलो धीरे धीरे चलो आप रुको वहां पे